नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजयराम आज़ाद आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की जिसके अंतर्गत सिलेंडर लोग महिलाओं को सिलेंडर वितरण किए गए थे कि वह पहले उज्ज्वला योजना के नाम से योजना चलती थी लेकिन अब उस योजना का नाम हो चुका है उज्ज्वला योजना 2.0 यानी कि 2.0 के अंतर्गत पहले क्या था जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिलते थे उसमें महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सोलह सौ रुपये दी जाती थी लेकिन अब उसमें आपका पूरा सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है तो सबसे पहले हमारे लिए यूट्यूब पर जाना है यहां पर हमारे लिए गूगल में सर्च करना है पी एम सर्च करके हमें उस पर एंटर दबा देना एंटर दबाने के बाद एक पेज डायरेक्ट होगा सबसे पहली जो वेबसाइट आपको यहाँ पर देखेंगे पी एम इस पर आपको क्लिक कर देना क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज रिडायरेक्ट होगा और आप यह देख सकते हैं कि यह पेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको लेकिन हम अभी इसके लिए हम कैंसिल करेंगे कैंसिल करने के बाद अभी पहले हम इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आइए हम इसके बारे में जानते हैं इसके एब वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसकी हम उनके लिए पढ़ते हैं अप्लाई फॉर न्यू उजिला टू कनेक्शन और एब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो इन सब चीज़ों चीज़ों के बारे में पहले हम जाने सबसे पहले हम एवाउट प्रधानमंत्री आवास योजना पर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर हम क्लिक करते हैं अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्वच्छ भारत बेहतर जीवन यह 2016 से यह चली थी और इसका जो एक प्रमुख इसके रूप में योजना जो है आई सामने जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस और स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना था पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी कोयला गोबर के उपले आदि का उपयोग करना पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा इसके इसके चलते यह योजना एक मई दो को उत्तर प्रदेश के बलिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी अब हम इसमें जानते हैं कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या इसके लिए हमें पात्रताएँ चाहिए होती है तो आइए हम इसके लिए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये आप देख सकते हैं उजला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मापदंड आवेदक केवल महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए इसमें केवल महिला ही भाग ले सकती हैं पुरुष नहीं तो ये कि एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एल कनेक्शन नहीं होना चाहिए निम्न श्रेणी में से किसी से संबंधित व्यक्ति महिला एससी एसटी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अति पिछड़ा वर्ग एम बी सी अंत्योदय अन्य योजना चाय वगैरा जाती जो इस प्रकार से 14 सूत्री अनुसार एसई सी -E सी परिवार ए एच एल टी आई एन या गरीब परिवार परिवार के तहत सूचीबद्ध दीप और नदी दीप समूह आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या चाहिए अपने ग्राहक को जाने के जो हो गई उसके लिए और आवेदक का आधार कार्ड पहचान पत्र पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में आदि आवे, आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा हो जैसा कि आधार कार्ड में उल्लेख किया गया है असम और मेघालय के लिए है अनिवार्य नहीं है साथ ही सबसे मेहनत जिसमें एक जो जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अनुसंग प्रवासी आवेदकों के के अनुसार पारिवारिक संरचना स्वयं संरचना स्वयं घोषित प्रमाण पत्र करने वाला दस्तावेज जो है वह तो इसमें जो है अब इसमें एक सबसे मेन चीज़ आ गई है इससे इसमें आप स्वयं से स्वयं घोषित कर सकते हैं इसमें आपके लिए अब राज्य सरकार वगैरह का अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है नहीं है तो आप स्वयं से इसे स्वयं घोषित करके और आप इसे कर सकते हैं इसमें क्रमांक इसमें चौथे नंबर पर जो है क्रम संख्या में दस्तावेजों में दिखाई देने वाले लाभार्थी और उसके परिवार जो है यानी साल से ऊपर के जो कार्ड हैं उनके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा बैंक खाता संख्या है उसकी आई आईएफएससी सी आई कोड यहाँ पर आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक के यानी कि उसके लिए आपको के वाई सी करनी पड़ेगी या अभी अपनी पसंद की किसी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं तो इसमें आप अपना ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी आप यूज जो है सिलेंडर ले सकते हैं आपको अभी उसके अभी किसी भी एजेंसी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है आप यहां से ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे आप करेंगे तो उस पर आपको एक मोबाइल पर आपके लिए उसका जो है ऑनलाइन uh, का जो सक्सेसफुल uh, जो मैसेज होता है उसका एस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा तो आप उस, उस पर आपके लिए एक नंबर दिया रहा है वो जो रेफरेंस नंबर होगा उसको आप लेकर के और अपने नज़दीकी कोई भी उसके पास आपसे संपर्क कर सकते हैं तो यह थी इसकी कुछ जो आवेदन कैसे करें क्या क्या इसकी है और कौन कौन इसे, इसे ले सकता है तो इसमें केवल महिलाएं ही ले सकती हैं वो महिलाएं है जो अठारह वर्ष से ऊपर हैं और अठारह वर्ष से कितनी भी उनकी आयु कोई भी इसे ले सकता है अब इसमें हम देखेंगे अब इसे इसे इसे इस, इस, इसका हम फॉर्म फिल करेंगे अब इसका हम फिम पोल करेंगे तो फिर से हम इस पर जाएंगे प्रधानमंत्री आवास वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है हमारे सामने आ गया है तो यहाँ पर तीन तीन जो एजेंसियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर आ रहा है इंडियन भारत गैस एच गैस यानी कि तीन गैस एजेंसियों के तहत हम इसमें ले सकते हैं सिलेंडर वो भी बिल्कुल मुफ्त तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक है टू अप्लाई क्लिक है टू अप्लाई पर हमारे लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए जो यह ए, क्लिक किया क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज रिडायरेक्ट होगा अब हमें स्पेस की ओर पेज पर हमारे लिए यहाँ पर आप पहुँचेंगे शायद हमारा कनेक्शन जो है वो थोड़ा लू चल रहा हो या फिर साइट से चल रही हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा जो पेज है वो पेज खुल चुका है रिडायरेक्ट यहाँ पर होने वाला है तो उसने हमारे लिए यहाँ पर इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है अब आप यहाँ पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स अब यहाँ पर हमारे लिए क्या करना है आर यू एन एक्साइजिंग इंडियन कस्टमर तो इस पर आपको सिंपल uh, सा नो no फिल कर देना है अगर आप वो करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लोगन वगैरह आपको करना होगा इसलिए आप नो no फिल कर देंगे जैसे आप नो no फिल करेंगे तो नो no फिल करने पर आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा उसके लिए आपको फिलअप करना है और सीधा सबमिट कर देंगे और सीधा आपका ऑनलाइन जो है वो सबमिट हो जाएगा तो आपको सिंपल सा यहाँ पर करना है वो फर्स्ट नेम में जो है आपको अपना नाम डाल देना है मैं क्या है कि महिला के नाम से नहीं अपना एक उसमें डाल रहा हूँ देखता हूँ क्या होता है और कुछ नहीं तो मैं अपने यहाँ पर पहले फर्स्ट नाम जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर पहले मेरे लिए फर्स्ट नाम टाइप करना होगा फिर उसके बाद हमारे लिए जैसे मैंने फर्स्ट टाइम टाइप कर दिया मैं सेकंड टाइम जो है मिडिल नाम है जो उसके लिए मैं टाइप कर दूंगा इसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में मैं अपना नेम जो है उसे टाइप कर दूंगा इसके बाद आप एलपीजी पी कनेक्शन तो सिंपल से एलपीजी हमारे लिए चाहिए तो यहाँ पर एलपीजी हम कर देंगे इसके बाद मोबाइल नंबर तो आप एक मोबाइल नंबर जिस पर कि ओ वगैरह जो भी है आपसे संपर्क किया जा सके तो वह मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एक फिल कर दीजिए इसके बाद आपको एड्रेस देना होगा तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो है फिल किए देता हूँ अब यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं एड्रेस यानी जहाँ पर स्टार लगा या है यानी कि यह बहुत ही ज़रूरी है इस पर आपको कुछ ना कुछ बनना ही है तो यहाँ पर मैं जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर भर देता हूँ इसके बाद आ जाइए आप एड्रेस टू तो एड्रेस टू पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा एड्रेस जो है तो देना हो तो दीजिए नहीं देना हो तो नहीं दीजिए कोई, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो सिप्पल साहब यहाँ पर आ जाएंगे पिन कोड का पिनकोड जो हमारा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे पिनकोड हमने अपना फिल कर दिया है इसके बाद हम सिटी पर आएंगे तो हमारी सिटी है तो सिटी हम अपने यहाँ पर फिल कर देंगे छिटी फिल करने के बाद यहाँ पर जो स्कीम है तो हमें उज्जला योजना की तहत ही चाहिए जनरल स्कीम नहीं तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूँगा और सीधा सबमिट पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर लिखा है कन्फर्मेशन थैंक यू थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग यहाँ पर जो हमारा जो, हमारा जो है कॉन्टैक्ट वगैरह जो हमारा हो चुका है अब वह हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे